हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे तो जैसा कि मैं हमेशा वीडियो लेकर के आपके लिए लेकर के आता रहता हूं तो वैसे एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक वीडियो और है ये वीवो का ही फ़ोन है मैंने कुछ दिन पहले इस फ़ोन की फॉर्मेटिंग की वीडियो डाली थी मतलब इसमें पैटर्न लगा हुआ था पासवर्ड लगा हुआ था तो इसकी अनलॉकिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर जाइए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं तो आज इसकी जो हम दिखाने वाले हैं इसमें लगी हुई है फ्रेंड्स एफ़ तो देखते हैं कि क्या इसमें एफ़ लगी है कि नहीं लगी है फ्रेंड करते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे मैं फ़ोन को थोड़ा रख देता हूँ साइड में और यहाँ से फिर हम करते, है next करते, है करते है more, more, more, हैं नेक्स्ट और यहाँ पे करते हैं स्किप और यहाँ पे करते हैं मोर मोर मोर एक्सेप्ट और यहाँ पे करते हैं नैक्स्ट यहाँ पे करते हैं स्किप स्प यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे भी करते हैं स्किप यहाँ पे भी करते हैं स्किप और यहाँ पे भी कर देते हैं स्किप अब देखिए अब अगर इसमें फ़ारपी लगा होगा फ्रेंड तो ये फाइनली नॉट सिंकिंग का एक मैसेज आ जाएगा अगर फार नहीं लगा होगा तो वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे यूज़ नाव पर किया तो फ्रेंड इसमें लगी हुई है गूगल अकाउंट तो फ्रेंड आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा इसकी फारपी हम बाईपासजिली करेंगे बिना किसी डोंगल के बिना किसी टूल से इसकी फारपी करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए ट्रिक आपको कैसा लगा है और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बाईपास को तो करना है आपको नेक्स्ट यहाँ भी करना है आपको नेक्स्ट यहाँ भी करना है आपको नेक्स्ट यहाँ भी कर देना है स्किप आप जो फॉलो को देखें कभी कमेंट करते हैं सर नहीं हो रहा है ऐसा है तो आप हमेशा स्टेप बाई स्टेप फॉलो को फॉलो करिए तभी जाके आपका काम होगा पता है तो आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं अभी देखिए पैटर्न और फिंगर के लिए पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे एक लगा देना है पासवर्ड तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक पैटर्न तो यहाँ पे एक पैटर्न मैं बना देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू और यहाँ पर उस पैटर्न को दोबारा से डाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा लग चुका है फ्रेंड तो अब हमें यहाँ पे फिंगर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसे कर सकते हैं स्किप सेटिंग को तो देखिए अभी हमारा फाइनली यहाँ पे लग चुका है तो अभी हमें करना है यहाँ पे बैक अब फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए हर एक वीडियो में मैं दिखाता हूँ अब जैसे बैक कर लिया आपने तो अब यहाँ पर लगा देना है फ्रेंड वो अपना वाई कनेक्ट कर देना है तो वाई मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपना ये मैं अपना वाई कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर ये मैंने वाई कनेक्ट कर देना है तो वाईफाई जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है आपको स्किप नहीं करना है आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे कर देना है डोंट कॉपी तो ये वीडियो मैं इसलिए बोल करके स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाता हूँ जिससे कि आपको बहुत ही इजीली हो आपको इसकी अनलॉकिंग करने के लिए एफ़ करने के लिए और इससे पहले मैंने इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं तो ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो इस वीडियो को आप जाइए आई बटन पे आपको यहाँ पे इसके फॉर्मेटिंग की भी वीडियो मिल जाएगी या आप स्मार्ट टेलीकॉम लिखेंगे तो भी आपको वीडियो इसकी देखने को मिल जाएगी फ्रेंड तो जस्ट अ सेकेंड फाइव मिनट्स होता है बट फाइव मिनट्स ऐसा कुछ भी नहीं है जस्ट अ सेकेंड अब अब इसमें क्या होगा फ्रेंड कि जो हमने यहाँ पे पैटर्न को डाला हुआ था अब वो आपसे वो पैटर्न कंफर्मेशन के लिए लेंगे ये देखिए जो पैटर्न हमने डाला हुआ था वही पैटर्न आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है तो देखिए जो पैटर्न वहाँ पे था मैंने वही पैटर्न यहाँ पे दे दिया है और ये आगे का प्रोसेस हो चुका है तो आई होप ये वीडियो ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी अगर आपको पता था तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं बट तो आपको नहीं पता था तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स आप तो ये फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए स्किप का बटन आ चुका है तो आई होप जॉब हमारा हो चुका है यहाँ पे तो स्किप का बटन आ गया है तो फाइनली हम कर देते हैं स्किप और यहाँ पे कर देते हैं स्किप और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे भी कर देते हैं अब स्किप यहाँ पे भी कर देते हैं स्किप और, और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं स्किप और यहाँ पर भी कर देते हैं स्किप अभी देखिए फाइनली हमारा कन्वर्सेशन पर आ चुका है अब हम करते हैं यूज नॉ तो जैसे आप यूज़ ना पे करेंगे तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो ऑप्टन हो चुका है हंड्रेड परसेंट ये अनलॉक हो चुका है तो ये ट्रिक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें ये वही फ़ोन था जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच